हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं प्रीति आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक नई तरह की पकौड़ों की रेसिपी वैसे तो आपने कई प्रकार के पकौड़ों को खाया होगा पर यह रेसिपी थोड़ी सी अलग होने वाली है और इस रेसिपी को बहुत ही कम लोगों ने बनाकर ट्राई किया होगा ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर से तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इसे आप चाय के साथ या सॉस के साथ या चावल दाल के साथ खाएं। ये रेसिपी थोड़ी सी अलग होने वाली है तो चलिए फटाफट हम इस रेसिपी को देख लेते हैं आज मैं आपको इस फूल के पकोड़े बनाकर बताने वाली हूँ ये फूल बिल्कुल रुई की तरह मुलायम होती है और इसके पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो सबसे पहले हम इसके बाहर के ग्रीन भाग को हटा देंगे पकोड़ा बनाने के लिए हम सिर्फ ये वाइट फूल का इस्तेमाल करेंगे हम इसके ये पीले फूल और बाहर के ग्रीन पत्तों को हटा देंगे इसी तरह हम बाकी के भी सभी फूल को तोड़ लेंगे और उसे एक बर्तन में रख लेंगे तो अगर आप बिहार के होंगे तो आप ये फूल को जानते होंगे और इसके पकौड़ों को भी बना के आपने खाया होगा मेरे कुछ कलीग्स हैं जो नहीं जानते हैं कि इस फूल का पकोड़ा बना के भी खाया जाता है तो आज मैं ये वीडियो उनके लिए बनाने वाली हूँ ये देखने में तो बिल्कुल कमल के फूल जैसी लगती है पर इसे भेंट का फूल कहा जाता है ये देखने में तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहा होगा पर जब हम इसके ये व्हाइट वाले फूल निकाल लेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसके डांट निकल जाएंगे आप देख सकते हैं कि मुझे तोड़ने में ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम है ये जो पीला वाला आपको भाग दिख रहा है इसका भी सब्ज़ी बनाया जाता है पर आज हम पकोड़ों की रेसिपी बनाने वाले हैं तो मैं इसे साइड रख देती हूँ और हम सिर्फ ये वाइट वाले फूल का ही इस्तेमाल करेंगे अगर आप ये ग्रीन वाले पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं पकौड़ा बनाने के लिए तो ये पत्ते से आपका पकौड़ों का टेस्ट बिगड़ जाएगा क्योंकि ये थोड़ी सी करवी लगती है ये जो फूल है हमें साल भर नहीं मिलते हैं ये जो बस बरसात के दिनों में ही होती है और आप इसके पकौड़े बरसात के दिनों में ही बना के खा सकते हैं तो सभी पत्तों को हम तोड़ लेंगे और उसके बाद हम फटाफट बाकी की भी तैयारी कर लेंगे तो सभी फूल को हम तोड़ लेंगे और एक बर्तन में रख लेंगे तो देखिए सभी फूल को हमने तोड़ लिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसकी मात्रा कितनी कम हो गई है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से धो लेंगे तो हमें बस एक ही पानी से इसे धोना है क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ ही है आप देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा पानी निकालकर हम अलग कर लेंगे तो अब हम इसके लिए कुछ मसाले तैयार कर लेंगे तो मसालों में मैंने लिया है सात लहसुन की कलिया दो हरी मिर्च आधा इंच अदरक का टुकड़ा और आधा चम्मच मैंने काले मिर्च लिया है तो इसे हम एक खल में डालेंगे और इसे हम कूट लेंगे पकोड़ा बनाने के लिए हम किसी भी ग्राइंड किया हुआ मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे पत्तों को धो के मैंने एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये खड़े मसाले और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हिंग अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप मिर्ची का इस्तेमाल बहुत ही कम करें और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स तो अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिली फ्लेक्स से पकौड़े ज़्यादा टेस्टी लगती है और अब हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे तो नमक हमें कम ही ऐड करना है कि जब हम पकौड़े बनाएँगे और जब हम पत्तों को ये फूल को मैस करेंगे तो इसकी क्वान्टिटी बहुत ही कम हो जाती है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चावल का आटा दो बड़ा चम्मच चावल का आटा जरूरत पड़े तो हम चावल के आटे का इस्तेमाल और बाद में कर लेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे इससे अच्छा फ्लेवर आता है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे हमें इस तरह से निचोड़ते हुए मिक्स करना है ताकि पत्ते भी सॉफ्ट हो जाए आप देख सकते हैं कि पत्तों को हमें कट करने की भी ज़रूरत नहीं है ये हाथों से ही अच्छे से मैस हो जाती है मैस करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम और इसमें चावल का आटा तो देखिए फूल को तो मैंने अच्छे से मैस कर लिया है और फूल भी अब थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई है तो हम इसमें और आधा चम्मच चावल का आटा ऐड आट कर लेंगे और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे तो बेसन का इस्तेमाल हम इसमें बहुत ही कम करने वाले हैं बस पकौड़ों के बाइंडिंग होने भर ही हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे मैंने दो चम्मच लगभग बेसन का इस्तेमाल किया है तो अब हम बेसन मिला के इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए पकोरो के लिए बैटर बनके हमारा रेडी हो चुका है इस फूल के पकोरो के लिए हमें बेसन का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है तो अब हम इसे अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे तो आप देख सकते होंगे कि अब फूल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और अब बैटर बनके हमारा रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और जब तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे इस समय गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे अगर हम फुल फ्लेम पे पकोड़ों को फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी पर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी तो मीडियम फ्लेम पे हमें पकोड़ों को तलना है तो आप चाहें तो इसे राउंड शेप में बनाए या इस तरह से थोड़ा सा चिपटा कर ले तो मुझे इस तरह से पकौड़े ज़्यादा पसंद आती है तो मैं इसी तरह से बनाऊँगी तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है अगर आपको पकोड़ों में प्याज खाना पसंद है तो आप जब हम इसका बैटर बना रहे थे उस समय आप इसमें एक प्याज काट के भी ऐड कर सकते हैं बट ये बिना प्याज के ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इसलिए मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है तो हम जितना तेल में पकौड़ा आ सके हम उतना ही एक बार में डालेंगे पकौड़ों को और उसे हम तुरंत से नहीं पलटेंगे हम इसे कुछ सेकंड के लिए एक तरफ़ से फ्राई होने दें और थोड़ी देर बाद हम पकौड़ों को पलट लेंगे तो देखिए जिसे मैंने पहले डाला है वो पकौड़े थोड़े से अब फ्राई हो चुकी है तो मैं उसे पलट लेती हूं और दूसरे साइड से भी हम इसे कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे तो जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें उसे उलट पलट के पकाना है अब हम सभी पकौड़ों को एक एक करके इस तरह से पलट लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टूट भी नहीं रही है क्योंकि हमने इसमें चावल का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया है तो उससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और अंदर से ये सॉफ्ट रहेगी तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि मैंने पकौड़ों को उलट पलट के दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है तो अब इसमें गोल्डन ग्रन आ चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इससे ज़्यादा हम पकौड़ों को फ्राई नहीं करेंगे और अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे तो आप चाहे तो इसे किसी टिशू पेपर के ऊपर निकाल लें इस तरह से या फिर सिर्फ आप इसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं टिशू पेपर पर अगर आप इसे निकालिएगा तो जो पकौड़ों का एक्स्ट्रा तेल होगा वो पेपर सोख लेती है तो देखिए इसी तरह से हम बाकी के भी पकोड़े बनाकर रेडी कर लेंगे जब पकोड़े एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे तो देखिए मैंने दूसरा पकोड़ा भी बनाकर रेडी कर लिया है तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पकोड़े ऊपर से कितनी क्रिस्पी और क्रंची दिख रही है तो देखिए सभी पकोड़ा बनके हमारा रेडी हो चुका है तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे